कैसे हो दोस्तों उम्मीद है अच्छे ही होंगे आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ बेहतरीन सवाल पूछूंगी अगर आपने इन सवालों के जवाब दे दिए तो आप बड़े ही बुद्धिमान हो तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर फोटो देखकर लड़की का नाम बताइए आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास दस सेकंड का समय है क्या आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है आपको फोटो में एक मुँह दिखाई दे रहा है उसके बाद दिखाई दे रहा है और एक कान दिखाई दे रहा है इस प्रकार इन सभी को जोड़ने पर लड़की का नाम आएगा मून प्लस एस प्लस कान बराबर मुस्कान अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर फोटो देखकर लड़की का नाम बताए आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है क्या आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है आपको फोटो में एक मिठाई या स्वीट दिखाई दे रही है और एक चाय या टी दिखाई दे रही है इस प्रकार इन सभी को जोड़ने पर लड़की का नाम आएगा स्वीट प्लस टी बराबर स्वीटी अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर।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 उत्तर है आपको फोटो में एक सिम दिखाई दे रही है और एक दौड़ती हुई लड़की दिखाई दे रही है दौड़ने को अंग्रेजी में रन कहते हैं इस प्रकार इन सभी को जोड़ने पर लड़की का नाम आएगा सिम प्लस रन बराबर सिमरन अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर।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 आपको फोटो में एक जूता या शू दिखाई दे रहा है उसके बाद रू लिखा दिखाई दे रहा है और एक चाय या ची दिखाई दे रही है इस प्रकार इन सभी को जोड़ने पर लड़की का नाम आएगा शू प्लस रू प्लस टी बराबर श्रुति अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर।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 उत्तर है। आपको फोटो में एक गाय या काऊ दिखाई दे रही है और एक पेड़ या ट्री दिखाई दे रहा है इस प्रकार इन सभी को जोड़ने पर लड़की का नाम आएगा काऊ प्लस ट्री बराबर काव्य थ्री